प्रिय दर्शकों नमस्कार आप सभी को जिसका इंतजार था आप लोगों के डिमांड पर आज हमने जो है ये फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस एक बार पुनः आप सभी के डिमांड पर करेंगे क्योंकि तमाम हमारे दर्शक कहते हैं कि सर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करिए डेढ़ वर्ष पूर्व भी हमने बता दिया था कि तेईस मई को क्या होगा फिर भी दर्शकों आप लोगों की डिमांड पर फिर से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि क्या तेईस मई के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होते हैं अथवा नहीं दूसरा एक प्रश्न वाराणसी सीट जहाँ से ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा क्या स्थिति रहेगी इस पर भी हम बताएँगे तो दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए देखिए आगे बढ़ाते हैं लेकिन आप सभी लोगों से एक अपील है हाथ जोड़ करके सर झुका करके कि सभी लोग बहुत अच्छे आप लोग हैं बहुत अच्छे कुल से आते हैं और तमाम अलग अलग लोग देख रहे हैं तो को, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों का भी संबंध होगा लेकिन दर्शकों आप लोग अपने पुल और मर्यादाओं को जो है जो आप लोगों के परिवार वालों ने दी है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार के हेट कमेंट मत करिएगा जो आप लोग सभ्य हैं सभ्यता से रहते हैं उसी को दिखाइएगा स्वस्थ अगर किसी से डिबेट होती है तो आप लोग हेल्थी शब्दों का इस्तेमाल करिएगा स्वस्थ भाषा में आप लोग जो है उत्तर प्रति दीजिएगा लेकिन किसी भी प्रकार के हेट कमेंट मत करिएगा है दर्शकों तो चलिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आप लोगों के स्क्रीन पर देखिए दिख रही 17 सितंबर 1950 इनकी डेट ऑफ बर्थ है संडे दिन था और 11 बजे सुबह का इनका जन्म मेहसाना गुजरात में हुआ है अब देखिए जिस समय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था उस समय इनकी जो लग्न है और इनकी जो राशि है स्क्रीन पर देख लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है यहाँ पर तो दर्शकों जब भी राशि वृश्चिक होती है तो वहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं वृषभ में उच्च के होते हैं और दूसरा वृश्चिक लग्न लग्न में मंगल बैठा है तो पंच महापुरुषों में एक योग बनता है रुचक महापुरुष नामक योग बहुत बड़ा ये योग होता है और ये इनकी कुंडली में बना हुआ है तो वृश्चिक लग्न में जिनका भी जन्म होता है दर्शकों तो वृश्चिकोदय सजाता सौर्यवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानश्चम विवेक की सर्वपोषकार तो जिनका भी जन्म वृश्चिक लग्न में होता है तो वो जातक शूरवीर होते हैं वो जातक धनी होते हैं वो जातक ज्ञानी होते हैं वो जातक अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनके अंदर पेशेंस बहुत रहता है विवेक की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है परिवार कुल का पोषक होता है तो समझिए कि ये प्रधानमंत्री है तो ये देश उनका परिवार है तो एक प्रकार से ये जो चरितार्थ बातें हैं ये नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल भी सटीक बैठ रही हंड्रेड परसेंट सटीक बैठ रही है आगे चलते हैं दर्शकों और एक चीज़ ये भी देखिए कि सूरवीर हैं जब जब जिन जिन चीज़ों की को आवश्यकता थी चाहे वो पाकिस्तान से आप देख लीजिए एयर स्ट्राइक हो चाहे जो हो उन्होंने किया कभी पीछे ये नहीं हटे किसी के सामने झुके नहीं और तमाम जगह ये फेमस हुए पूरे वर्ल्ड में यदि हैं फेमस हैं तो ये केवल जो है वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की बदौलत है दूसरा इनकी चंद्रमा की महादशा भी चल रही है चंद्रमा इनकी कुंडली में भाग्येश हैं दूसरा नीचभंग राज्यों कई चीज़ें आगे हम आपको बता रहे हैं दूसरा इनका जो जन्म हुआ था तो अनुराधा नक्षत्र में हुआ था बहुत अच्छा नक्षत्र होता है शनि का नक्षत्र होता है तो अनुराधा नक्षत्र के बारे में हमारा शास्त्र यही कहता है कि पुरुषार्थी प्रवासी चा बंधु कार्य सदोदमी अनुराधा लोका सदा भ्रष्टच्च जायते अर्थात जिनका भी जन्म अनुराधा लग्न में अनुराधा नक्षत्र में होता है तो ऐसे जा पुरुषार्थ और तमाम विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रवासी चा अर्थात विदेश यात्रों यात्राओं पे जाने वाले और बंधुओं का कार्य करने वाले और नित्य नई ऊंचाइयों पर जाने वाले होते हैं तो ये भी नरेंद्र मोदी जी पर भी चरितार्थ बैठ रही है अब चलते हैं दर्शकों इनकी कुंडली पर अब इनकी कुंडली पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चंद्रमा बैठे हैं मंगल बैठे हैं यहाँ पर कई मतलब इनकी कुंडली में योग हैं चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग लग्न में ही बैठा हुआ है दूसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं दूसरा यहाँ पर मंगल इसी घर का बैठा हुआ है तो नीचभंग नामक राजयोग भी इनकी कुंडली में बन रहा है तीसरी चीज यहाँ पर देखिए जो भाग्येश चंद्रमा है चंद्रमा लग्न में मंगल के साथ नीच के होकर के बैठे हैं और इस समय भाग्येश की महादशा चल रही है बुद्ध उच्च के हो गए इनकी कुंडली में एकादश स्थान पे आय के स्थान पे इनकम के स्थान पे उच्च के हो गए और सूर्य बुद्ध का बुधादित्य योग भी यहां पर बन रहा है जो कि इन देखिए आप भी जब इनके भाषण कभी सुनते होंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे तो ये वाक्य पट्टा कौन देता है तो ये वाक्य पट्टा देता है बुद्ध और एक बात और बताएंगे दर्शकों चूंकि देखिये यहाँ पर पंचम हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपीटर ये केंद्र में आ गए मुख्यमंत्री भी रहे अब ये केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हैं लग्न का स्वामी चंद्रमा लग्न में ही नीच भंग राजयोग बनाता हुआ मंगल के साथ विद्यमान है लग्न में चंद्रमा मंगल की युति एक प्रबल राजयोग जो कि महालक्ष्मी योग है इसका सृजन कर रही है मंगल के स्वराशी लग्न में होने से रोचक महापुरुष नामक योग बन रहा है दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे के गज योग बन रहा है बुधादित्य योग बन रहा है अट्ठाईस सशक्त राजयोग इनकी कुंडली में है यदि हम विश्लेषण करने लग जाएंगे तो दो घंटे लगेंगे खैर हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे वैसे भी भगवान कृष्ण की कुंडली में 36 राजयोग विद्यमान थे और इनकी कुंडली में अट्ठाईस प्रकार के राजयोग हैं अब देखिए दर्शकों इनके जन्म कुंडली में नौमांश पे आ जाते हैं नौमांश कुंडली आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लग्न में ही जो है यहाँ पर कर्क कर कर लग्न उदित हो रहा मंगल यहाँ पर नीच के हो गए मंगल यहाँ पर नीच के हो गए लेकिन इनका भी नौमांश में नीच भंग हो गया अब आप पूछेंगे कैसे तो आप देखिए जो जुपीटर बैठे हुए हैं पंचम स्थान पे इनकी नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और जुपीटर कर्क राशि को देख रहे हैं यहाँ पर अपनी उच्चगत राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इनका नीच भंग हुआ दूसरा दर्शकों इनको हम ब, जो है आपको बताना चाहते हैं कि इनके जो डी चार्ट है डी चार्ट में इनका बहुत स्ट्रांग है कर्मफल में देख लीजिए मंगल यहाँ पर भी नीच के हैं और जुपीटर 10th हाउस में यहां पर बैठे हैं मतलब 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर जो है लग्नेश हो गया मंगल और दूसरा यहाँ पर भाग्यश चला गया कर्म के स्थान पे तो जुपिटर ने इनको काफी कुछ ख्याति दी याद करिए नास्त्र दमन जी की वो भविष्यवाणी कि एक बूढ़ा व्यक्ति इंडिया के बारे परिपेक्ष में कहा था कि आएगा और पहले तो जनता उससे नफरत करेगी लेकिन बाद में उससे प्यार करने लगे कि अभी वर्तमान जो स्थिति इनकी चल रही है दर्शकों इनकी भाग्यश की महादशा चल रही है और भाग्येश चंद्रमा और चंद्रमा में अभी केतु का अंतर चल रहा है सीधा सीधा दर्शकों संकेत कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस सीट से रिकॉर्ड मतों से पिछली बार जितने ऑटो से जीते थे उससे कहीं ज्यादा ऑटो से इस बार जीतेंगे क्यों जीतेंगे योगनी दशा भी अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए देखिए दर्शकों ज्योतिष कोई एक छोटा सा वो नहीं कि आप लग्न कुंडली देख के ही सब नतीजों पर पहुंच जाते हैं इसमें अनुभव की बहुत आवश्यकता होती है तो इनकी जो योगनी दशा चल रही है 25 एक 18 से धान्या आ गया और धान्या जो है रहेगी दो तक तो नो डाउट दर्शकों इंडिकेशन यही है साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये बिल्कुल श्योर है 110 परसेंट श्योर है इसमें कोई इकबट है ही नहीं है महादशा देख ली है योगनी दशा देख ली हमने जेमिनी पद्धति से भी जो है देख लिया है लग्न कुंडली भी देख ली है नौमांस भी देख ली है डिटेन चार्ट भी इनका देख लिए हैं, ग्रहों के गोचर की स्थिति भी हमने देख ली सब कुछ देख के तब एक जिम्मेदारी पूर्वक आप लोगों को बता रहे हैं तो तमाम ज्योतिषी आंकड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है इनके अंदर वो कैपेबिलिटी साफ साफ दिख रही है तो दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये भी आप बताइएगा और कमेंट के माध्यम से आप लोग स्वस्थ कमेंट करिएगा एक चीज़ और बताएंगे दर्शकों शनि बहुत ज़्यादा मेजर रोल इस समय प्ले कर रहा है और जब भी वक्री ग्रह हो जाते हैं इस समय जुपिटर भी वृश्चिक राशि में वक्री हो गया है इनके मतलब देख लीजिए आप लोग वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और शनि भी वक्री हो गया है शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है जो भी पाखंडी होते हैं घमंडी होते हैं चोर लुटेरे होते हैं लूट का धन संग्रह करने वाले होते हैं पीड़ितों एवं प्रताड़ित जो करता है उनके कुकृत्यों की सजा भी दिलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी यही किया हुआ है तमाम प्रकार के देखिए विजय माल्या भाग गए नीरव मोदी भाग गए और सबको जो उनकी सजा थी प्रॉपर्टी निलाम करना हुआ चाहे जो हुआ तो एक ईमानदार सेवक के रूप में एक निस्वार्थ भाव हो करके चूँकि हमने इनके बारे में सुना था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जब ये प्रधानमंत्री पद के लिए आए तो अपना जो समस्त इनकी राशि थी मेहनत से कमाई हुई इवन हम लोग जो चार्ज करते हैं और उसको हम लोग इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाते हैं लेकिन इन्होंने एक दरिया दिल दिखाया एक बड़ा दिल दिखाया और इन्होंने अपनी पूरी जो है मेहनत की कमाई उन गरीब लोगों को जो इनकी सेवा करते थे उनको दान कर दी तो बहुत कुछ संकेत है और देखिए धर्म का काम भी करते हैं धर्म क्या है धृतिक क्षमा दमो अस्त्यम सौचम निंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तो नरेंद्र मोदी जी ये जो धर्म के लक्षण हैं ये अपने दिखा रहे हैं भारत देश को क्या कहते हैं एक विश्व पटल पर जो विदेश नीति है इनकी बहुत स्ट्रांग रही है एक चीज और बता दें इस समय तेईस तारीख को राहू मेजर रोल प्ले करेगा जो कि इनके एर्थ हाउस में जो है गोचर कर रहा है अब एर्थ हाउस किस चीज का होता है आकस्मिक परिवर्तन का होता है किसी को पता नहीं चलेगा ये महागठबंधन जो बना है ये सब तेईस तारीख के बाद ही देखिए स्वतः अपने आप ही खत्म हो जाएगा इनके आगे कोई नहीं टिकेगा किसी महिला की मदद जो है इनको मिलती हुई दिख रही है चुनाव के बाद हालांकि फुल मेजॉरिटी में बीजेपी आएगी ये बिल्कुल श्योर है अकाट्य सत्य है तो दर्शकों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 तमाम लोगों ने कहा कि सर पीयूष गोयल जी की भी कुंडली का तो चूंकि पीयूष गो, गोयल जी शायद चुनाव इस बार नहीं खड़े हुए हैं तो उनकी कुंडली का क्या विश्लेषण करना आगे कभी कर देंगे और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं तमाम दर्शकों देखिए नागपुर से वो खड़े हुए हैं वो क्लियर कट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 हाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन तो अमे, तो मिल नहीं पाई थी लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा तो यहां पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं है वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही है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 का विश्लेषण कमेंट के माध्यम से बताइए और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मोदी जी को हमारा ये विश्लेषण पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी पुनः आपको एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं हार हार्दिक बधाइया और तमाम जो लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं देखिए इलेक्शन को किसी ईगो में आप लोग मत लीजिएगा और हमको कोई सर्टिफिकेट मत लीजिएगा कि ये बीजेपी माइंडेड है या कांग्रेस ज्योतिषी हैं जो इनकी कुंडली कह रही थी स्क्रीन पर देख लीजिए निष्पक्ष होकर के हम आपसे बातें कर रहे हैं तो इसमें कोई ये मत सोचिएगा कि ये बीजेपी माइंडेड है पंडित जी ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा काम करेगा उसी की तरफ वो है हमने भी वोटिंग की थी हमने भी जो है किसी एक पार्टी को हमने भी वोट किया था तो ऐसा नहीं है हॉरोस्कोप क्या कहती है चूँकि ज्योतिसी का काम होता है निष्पक्ष होकर के न्याय जो है बताना पहले के ज़माने में देखिए पहले के ज़माने में राजा होते थे तो उनके एक सलाहकार होते थे राजा जब कोई काम करते थे तो ज्योतिषी से राय लेते थे पूछते थे युद्ध में जाते थे तो आज के भी परिपेक्ष में आप ले सकते हैं कि जो हमारा काम था वो हमने जो है बताया और बाकी दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गुजरात में हमारा जो है अट्ठारह से तेईस मई गुजरात आगमन है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी गुजरात से हैं वो लोग अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वन्दे मात्र